तो सड़ी के बेटे बेटे, बेटे माज कर दी माज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह हुआ तुम तो अरे तुम तो बड़े ड्राइवर हो भाई